कितने लोगों की मौत हुई कितने लोग घायल हैं ये देखिए जो घटना घटनास्थल है ये ग्राम मकरा है थाना क्षेत्र का जनता एक कार ब्रेजा जो कि वाराणसी की तरफ से आ थी जा रही थी और जौनपुर की तरफ से, से रही थी दूसरी ओर से एक ट्रक है जिसमें की कितनी गर्मी है वो जौनपुर से है बनारस की तरफ जा रहा था यही मकरा में एक्सीडेंट हुआ है एक घायल है जिसमें दीवारों से हॉस्पिटल में भेजा गया है अन्न कर रही है सर ये कैसे हुआ कि जो घटना सुबह साढ़े सात आठ के आसपास की है और जो देखने में लग रहा है प्रथम दृष्टिया ये तेज़ी से चलाने से हुई है और आने दीदी कार्रवाई की की जा रही है जो जो मीठक ग्राम है वो तो ग्राम बाकी है खाना सुखारा के